guys, I hope आप अच्छे होंगे हमेशा की तरह तो मैं आज का जो कंटेंट लेकर के आया हूँ कुछ तो टूल्स के ऊपर मैं वीडियो लेकर के आया हूँ फ्रेंड्स जिससे कि आपको ये भी पता चले कि टेक्नीसन्स को कौन से टूल ले लेने ले चाहिए कौन से टूल नहीं लेने ले ले चाहिए तो मैं थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल करूँगा और ये भी इसकी वीडियो आपने देख चुकी है या फिर इसके बाद आप देख रहे हैं ये मुझे थोड़ा सा नहीं पता है क्योंकि मैं वीडियो इस माइक्रोस्कोप के ऊपर भी वीडियो डाला हूँ या फिर डालूँगा ये दो रीज़न हो सकता है कि मैं पहले इसकी वीडियो डाल दूँ या फिर पहले मैं माइक्रोस्कोप की वीडियो आप देख रहे हो या नहीं देखा है तो दोनों ही आप जा करके हमारे चैनल में वीडियोज़ को देख सकते हो तो मैं सबसे पहले बात करना चाहता हूं यहां पे जो कि मस्ट है हमारा आप देख सकते हैं यह है पी सी बी होल्डर पी स्टैंड बोलते हैं ये मकैनिक का है इसका जो मॉडल है एम आर प्रो ये यूनिवर्सल स्टैंड है पी सी स्टैंड मैं बताना चाहूँगा फ्रेंड और मैं इसको अनबॉक्सिंग करूँगा और आपको मैं दिखाऊँगा कि इसमें क्या है खास तो गाइज ये इस तरीके का लगता है इसका लुक जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो ये सारा चीज़ यहाँ पर तो गाइज़ ये देख सकते हैं फाइनल तो मैं इसको फटाफट हटा लेता हूं और ये देख सकते हैं क्या लुक है लुक वाइज़ तो अच्छा है बाकी लुक वाइज़ नहीं ये वेटेड भी है और सबसे अच्छी चीज़ की जब हम काम करते हैं तो उसमें आ, मैं बता दूं कि हिट जब हम पड़ती है तो जब इसमें एयर निकलने का चांस नहीं होता है तो थोड़ा सा हिट ज़्यादा होता है तो इसमें मैं बताऊंगा सबसे बेस्ट ये है कि जब आप इसको पीसीबी स्टैंड को आप इसमें फंसाते हो जब आप हिटिंग वगैरह करते हो तो फ्रेंड मैं बता दूं कि इसमें आपका जो बेनिफिट्स ये है कि इसमें ईयर बहुत अच्छे से पास हो जाएंगे आप इसको बहुत ईजली तरीके से इंस्टॉल भी कर सकते हो बहुत ईज़ली तरीके से ये लग जाता है जैसा कि मैं आपको यहाँ पर ये करके दिखा दे रहा हूँ तो बाकी ये ओवरऑल बहुत अच्छी पी है मैं यहाँ पर आपको ये देखिए चेक करके मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ ये देख सकते हैं किसी भी स्टैंड बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी है और मैकेनिक का है ब्रांड भी तो आपको पता ही है इसका सारा चीज़ तो अब ये देख सकते हैं आप इजी तरीके से आप इसको ऐसा फंसा सकते हैं तो ओवरऑल ये आप उसको चार सेब में टू सेब ये थ्री सेब ये यहाँ से इन सब सेब से आप इसको इसको किसी भी स्टैंड में फिक्स कर सकते हो बाकी बहुत अच्छा है मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ सारी चीज़ें मैं यहाँ पर आपको रेफरेंस कर रहा हूँ टूल नए नए टूल्स ऐसे और यहाँ पर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और एम एम सी से रिलेटेड हमारे चैनल में काफ़ी वीडियो है ये टूल भी मैं आपको बता दूँ कि ये जो टूल है हमारा ये टूल से रिलेटेड भी आपको मैं इनकी इंक्वायरी दे रहा हूँ कि जिसमें आपको सही वे में टूल आप ले सकते हो सही क्योंकि एक टेक्नीसन को अगर टूल सही नहीं होगा तो वो प्रॉपर काम अच्छे से नहीं कर पाएगा तो मैंने इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाया हुआ है और ये हम पी स्टैंड आप यहाँ पर देख सकते हो जो कि बहुत अच्छा है प्रीमियम क्वालिटी है इसमें एयर निकलने का भी बहुत अच्छा चांस है जो कि आप इसमें फ़ोर साइज़ फोर स्टेप में आप पी को फ़िक्स कर सकते हो जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं फ्रेंड ये बहुत ही यूनिक है और बहुत ही अच्छा है एम आर प्रो अब उसके बाद मैं आपको यहां पर दिखाना चाहता हूं कि उसके बाद ये है बूट केबल फ्रेंड्स इस यहाँ पावर बूट केबल ये भी एक मैकेनिक ब्रांड का ही है जैसा कि आप यहां पर देख सकते हो तो मैं भी इसकी अनबॉक्सिंग कर लेता हूँ ये सिंपल है फ्रेंट और इसकी जो प्राइजिंग है मैं सारा डिस्कस आप में डिस्क्रिप्सन में लिंक में व्हाट्सअप में आपको नंबर दे दिया जाएगा आप उनसे डायरेक्ट सेल कर सकते हैं तो ये देख सकते हैं फ्रेंड ये इसका बूट केबल है जो कि बहुत प्रीमियम क्वालिटी है बहुत ही अच्छी क्वालिटी का यहाँ पे ये देख सकते हैं एंड्रॉड बूट केबल है इसमें कुछ मॉडल्स आपको यहाँ पे करीब आठ मॉडल्स आप यहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे इसके पीछे कोडिंग डला होता है नंबर डले होते हैं आप इसको आठ तरीक़ों से मतलब आठ फ़ोन को आप यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हो फ्रेंड जैसा कि आप ये देख सकते हो यहाँ पर आठ फ़ोन को आप यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हो ये हमारा एंड्रॉयड बूट केबल है ये आप देख सकते हो यहाँ पर फ्रेंड ये सारी चीज़ें तो इसमें आप ये भी ले सकते हो बहुत ही आ, मतलब ज़्यादा प्राइस नहीं है इसकी जो हम क्वालिटी की बात करें क्वालिटी कुछ ज़्यादा ही बेटर है अच्छा है और फिक्स भी हो जाता है बहुत ही तरीके से तो ये कि ये एंड्रॉयड का मैकेनिक का ही यहाँ पे आप देख सकते हैं बूट केबल तो ये सेकेंड था फ्रेंड मैं आपको तीसरा दिखाना चाहता हूँ मैकेनिक का ही प्रोडक्ट है ये मैकेनिक आप देख सकते हैं मॉडल है इसका मैक्स नाइन यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका मॉडल है यहाँ पर मॉडल मॉडल तो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है ये आई बूट के नाम से आई बूट ए डी के नाम से और ये मैकेनिक का है मैक्स 9 तो ये फ्रेंड आप देख सकते हो यहाँ पे ये यह है स्क्रापर जो कि मैं इसको अभी थोड़ा सा बताऊंगा आपको इसकी अभी क्वालिटी निकाल करके आपको भी दिखाऊंगा ये स्क्रैपर है स्क्रैपर आपको ग्लू कट करने में बहुत काम आता है बहुत ही आ, क्योंकि अगर आप ब्लैक पेस्टेड पे काम कर रहे हैं वाइट पेस्टेड पे काम कर रहे हैं फ्रेंड तो आपको ग्लू कट करने के लिए स्क्रैपर की ज़रूरत पड़ेगी जिसके साथ आप देख सकते हैं 20 इन वन यहाँ पे मतलब एक लेने पे आपको 20 आपको यहाँ पर स्क्रैपर मिल जाएंगे ये यह इसका यहाँ पर देख सकते हैं आप तो चलिए मैं इसको खोल करके आपको दिखाता हूँ कि इसका क्या है और इसके ब्लेड्स कैसे हैं ब्लेड अच्छे हैं कि नहीं है सारी चीज़ मैं आपको यहाँ पर करके दिखाता हूँ तो गाइज मैंने इसको देखो निकाल के फिक्स कर दिया है जो इसकी क्वालिटी है फ्रेंड्स बहुत ही अच्छी है यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी क्वालिटी जो मैक्स की है बहुत अच्छी है और यहाँ पे साइड में भी है यहाँ पे आप ग्लू कटिंग का काम या फिर जब आप आईसी को क्लीन कर रहे हो तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं नहीं तो जब आप आईसी को रिमूव करते हैं तो आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं बाकी जो इसकी क्वालिटी है तो थोड़ी सी अच्छी नहीं है बाकी बेटर है क्योंकि हम इसमें आई को निकालते हैं फ्रेंट जैसा कि आप देख सकते हैं एक ये है और यहाँ पर बीस मतलब यहाँ पर बीस आपको सेटअप यहाँ पर मिल जाता है देख सकते हैं यहाँ पर ये देख सकते हैं एट और यहाँ पर आप देख सकते हैं नाइनटीन आप यहाँ पर देख सकते हैं ब्लेड नंबर भी यहाँ पर डले हुए हैं इसके तो इसकी जो क्वालिटी है इसका जो साथ का है मेन हमारा जो स्क्रैपर है ये ये ज़्यादा बेटर मुझे लगा क्योंकि इसका आप देख सकते हैं यहाँ पे पीसीबी में जब हम इसमें काम करेंगे ब्लैक पेस्टर पे अगर हम काम करेंगे जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये ब्लैक आ, टेस्टेड है इसका यूज़ क्या होता है आपको पता ही फ्रेंड जाते बाकी को तो आप जानते ही हैं ये जब हम ग्लू कट करते हैं तो ये बहुत ही अच्छा फील होता है हमें और बहुत ये मुड़ता नहीं है और बहुत ईजी तरीके से आप काम कर सकते हैं बाकी आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं जब आप आईसी को क्लीनिंग कर रहे हो या फिर आप इसको निकालने के लिए तो आप इसका यूज़ कर सकते हो बाकी नहीं तो आप इसको ये वाला ब्लैड आप लगा सकते हैं आई होप वीडियो आपको टूल से रिलेटेड अच्छा लगा होगा फ्रेंड तो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करें अपने टेक्नीसन भाइयों के साथ ऐसे ही मैं और इंफॉर्मेशन टूल से रिलेटेड और हमारा जो कंटेंट है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और ईमएमसी का कोर्स हमारा यहाँ पे इसे टेलीकॉम में होता है और मैं हार्डवेयर सॉफ्टवेयर ईम से रिलेटेड कंटेंट भी अपने चैनल में डाला हुआ हूँ तो आप वहाँ पे जाकर के वॉच कर सकते हो बाकी इनसे मैं और भी जो भी नए नए टूल्स आते रहेंगे मैं उन पर भी वीडियो आपको देता रहूँगा और ऐसे ही आपको जानकारी देता रहूँगा तो फ्रेंड्स वीडियो को आपने जो देखा है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू सो मच